और क्या कहा था मेरा प्यार झूठा है लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं पर मैं उनमें से नहीं हूँ प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया अपने पापा से किया और अपने भाई से किया वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूँगा मैंने कसम खाई है की मैं इसकी आँखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े कोई हाथ तो लगा कर दिखाई जब किसी से प्यार करते हैं तो दिन रात उसकी बातें करते हैं पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। सोचता था लड़कियों से प्यार करना उन्हें प्रपोज करना जीने मरने की कस्में खाना ये सब टाइम वेस्ट है पर जब से तुम्हें देखा है मैं जिंदगी भर टाइम वेस्ट कर सकता हूं आई मीन लव वि हाँ कहो या ना कहो मेरा फ्यूचर जो भी हो यूल मुश्किलें दो तरह की होती है पूजा एक जो हमें रुला दे और दूसरी जो लड़ने पर मजबूर करे मैं मुकाबले में यकीन रखता हूं इसीलिए औरों से अलग हूं अगर मैं तुम्हें गलत लगता हूं तो यहां से जा सकती हो मैं कोई सफाई नहीं मांगूंगा मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सात फेरे नहीं लेना चाहती बल्कि हर एक कदम तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ बस हर एक कदम ही क्यों सात जन्मों तक साथ चलेंगे इस दुनिया में ना दो चीजें नोटिस देकर कभी आती नहीं और ना कभी आएंगी एक एक्सीडेंट दूसरा लव एक्सीडेंट हो जाए ना तो हम टपक जाते हैं या बच जाते हैं पर लव हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं होता यार तुमने कहा तो चली गई आज कहा तो वापस आ गई कल को कोई और कुछ कहेगा तो ऐसा नहीं है विजय अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आप हो रही विजय, सिर्फ नहीं पूरी दुनिया हंस रही है मुझ निठल्ला समझती है मुझे रत्ति, रत्ति भार भी भरोसा नहीं है किसी को अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे रोना क्या कहा